नहीं दस गो गाड़ी लड़का छोड़कर बाप का बेटा हूँ। ले, कुछ नहीं। नून। आई। आराम से लेना। आई। अच्छा डोटा।